चारों वेदों में गोमाता का संदर्भ तेरह बार आया है सात में तेईस बार यजुर्वेद में सतासी बार सामवेद में एक बार और अथर्ववेद में तीन बार गाय का विषय आया है इन वेद मित्रों में गोमाता की महत्ता उपयोगिता वात्सय करुणा और गोरक्षा के उपाय तथा गो से प्राप्त पंचगव्य पदार्थों के उपयोग लाभ का वर्णन है वेदों में गाय के लिए गो और अग्नि तीन शब्द आये हैं को समझने के लिए छह वेदांत शास्त्रों में से एक मिनुक्त शास्त्र है इसमें वैदिक शब्दों के अर्थों को खोलकर बताया गया है जिसे निर्वचन कहते हैं हन हिंसा हनति हन आदि शब्द बनते हैं जिसका अर्थ हिंसा करना माना है गाय को अभिन्या कहा है अर्थात जिसकी कभी भी हिंसा न की जाए शतपथ ब्राह्मण में सात बटा पांच दो में कहा गया है सहस्रो वारो गौ अर्थात भूमि पर टिकी हुई जितने जीवन संबंधी कल्पनाएं हैं उनमें सबसे अधिक सुंदर सत्य सरस और उपयोगी यह गौ है इसमें गाय को बताया गया है तो अगर छोटे रूप में देखें तो यह गाय का महत्व है सभी ऋषियों ने बोला है कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए किंतु आज फिर भी देश में गाय अगर मर रही है तो उसके कुछ कारण है आइए पढ़ते हैं उन्ही पांच कारणों को जिनके कारण देश में गौहत्या कभी बंद नहीं हो पाएगी एक जब तक राजनीति और वोट का मुद्दा गाय रहेगी जब तक गाय को लेकर देश में राजनीति होती रहेगी तब तक गाय हत्या पर रोक लगनी देश में असंभव कार्य है तो न गौहत्या पर राजनीति खत्म होगी और ना ही फिर गोहत्या कभी बंद होगी दो, देश के सभी लोगों में जब तक क्रांति नहीं आएगी वैसी गौहत्या बंदी तो मातरे ही दिन में बंद हो सकती है जब अगर सभी हिंदू गाय को माता सिर्फ बोले नहीं बल्कि मानेगी और सड़क पर आ जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं और गौ खत्म होगी नहीं तीन लोकसभा में कानून कौन पेश करे बड़ी शर्म की बात है कि अगर गौ का कानून बन जाएगा तो इससे किसी को क्या तकलीफ होने वाली है अगर एक धन गाय को माता मानता भी है तो उसमें कौन सा वह पाप कर रहा है लेकिन लोकसभा में कानून बनाने का जिम्मा कोई भी पार्टी नहीं लेगी चार हर हिंदू का कर्तव्य एक गाय का पालन हर हिंदू को यह जिम्मा उठाना पड़ेगा की वह एक गाय को बोद लेगा और उसका बेड़ा वह उठाएगा साथ ही साथ वह व्यक्ति दूध भी इसी गाय का पेगा तो ऐसा करने से गाय सड़क पर नहीं रहेंगी और वहाँ से कटने नहीं जाएंगी लेकिन ऐसा होगा नहीं और गाय हत्या खत्म नहीं होगी पांच एक गाय करोड़पति बना सकती है यह जानकारी सबको देनी होगी कि एक गाय मरने तक अपने सेवक को हर महीने हजारों रुपए दे सकती है गाय का मूत्र और मौन तक लोग खरीद रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए की गाय करोड़पति बना सकती है लेकिन इस बात को कौन लोगों तक पहुँचाएगा तो यह पांच कारण है कि हम बोल सकते हैं कि भारत देश में कभी भी गोहत्या खत्म नहीं होगी लेकिन एक दिन हमारे देश से देशी गाय की नस्ल जरूर खत्म हो जाएगी